दोस्तों आज की क्लास में आपका स्वागत है और राजस्थान के जीके क्वेश्चन आपके लेकर पधारे रहे हम तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है स्टूडियो मोस्ट जीके क्वेश्चन राजस्थान राजस्थान YouTube चैनल लाइव क्लासेस में में आपका स्वागत है दोस्तों। में की की सत्या की परिवार से संबंधित वंश हमारे देश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2012 को यह पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी राजस्थान के किस जिले में से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका की शुरुआत की थी राजस्थान का जिला है जिसमें शुरुआत की गई थी। रुपए के लिए रुपए प्रतीक चिन्ह रचना किसने की थी अपना जो रुपये है उसकी प्रतीक चिन्ह था उसकी रचना उदय कुमार ने की थी इक्कीस मार्च दो को जारी भारत की पंद्रहवीं जनगणना क्या अंतिम परिणाम में परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति पुरुष पर महिला की संख्या कितनी ही रही है तो ये है अपने, में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कितने कार्यरत है राजस्थान के वो है अपना एक विश्वविद्यालय हाल ही में भारत ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंध सस्ता की शुरुआत की है ये अपने उदयपुर में की गई है जिलों की नगरी में हिमालय के तराई क्षेत्र के भू भूस्वरूप की प्रतीक कैसी है दलदली ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में वनों की कि, को किस नाम से पुकारा जाता है ये डेल्टा क्षेत्र में अपने वनों को मानसूनी वन के नाम से पुकारा जाता है संरक्षित परियोजना का आरंभ किस जिले में किया गया था घोड़ा संरक्षित परियोजना का आरंभ असम जिले में किया गया था राजस्थान में अरावली अरावली क्षेत्र पर्वत के विस्तार की क्या दशा है अरावली श्रृंखला की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर है, उत्तर पूर्व की ओर है तेरवा प्रस, तेरहवा क्वेश्चन है अपना वर्ष दो की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अड़सठ करोड़ छह लाख इक्कीस हजार बारह है मैं एक क्वेश्चन छूट गया था बारवा क्वेश्चन छूट गया है हाडौती के पटार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तो सम्मिलित किया जाता है ये दक्षिण पूर्व है जो सम्मिलित किया जाता है वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई ये अपना कोटा जिला था भिलवाड़ा जिले के अंगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र से, से कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये गुलाबपुरा से अब देखो जस्ता प्राप्त होता है चोकड़ा मंगरा पूंगल किस पशु के प्रकार है ये चोकड़ा मंगला अपने बेट के पशु के प्रकार है ताल छापर कृष्ण मार्ग अभ्यारण्य के जिले में स्थित है ये ताल छापर शुरू में स्थित है राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले है मुख उत्पाद जिले एक अपना फर्स्ट को दूसरा बारह है सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है ये अपने सरसों उत्पादन में अपना राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था चीनी उद्योग भोपाल सागर में किया गया था जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर अपना जयपुर जिले में है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी ये जैसल में जिले में की गई थी राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये अपना उदयपुर जिले में एकलिंग जी का मंदिर है नादवारा और उदयपुर के बीच में सड़क तर्किन का दरवाजा कहाँ स्थित है तर्किन का जो अपना दरवाजा है जो नागौर में स्थित है राजस्थान का कौन सा सर राष्ट्रीय विरासत सर विकास एवं सर्वधन योजना में सम्मिलित सम्मानित सॉरी सम्मिलित किया गया है सम्मानित किया गया है अजमेर जिले को सम्मानित किया गया है आमिर किला कहाँ स्थित है आमिर किला ये अपना जयपुर में स्थित है आप सबको पता होगा राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है जयपुर को सन सिटी कहा जाता है ब्लू सिटी कहा जाता है सन सिटी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राजस्थान का खुजुराव कहा जाता है किराड़ू मंदिर है इसको राजस्थान का खुजुराव मंदिर कहा जाता है राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं ये प्रसिद्ध मीनाकारी जो गहने की जो मीनाकारी है जो अपने जयपुर में है जयपुर की जो मीनाकारी है बारी जो सबसे बड़ी प्रसिद्ध है चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माण कौन निर्माणकर्ता कौन है ये आप सबको पता होगा राणा कुंभा है इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तम्भ का अन्य नाम क्या है एक प्रकार से राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहा स्थित है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है अपने गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर का स्थित है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी पुस्तक प्रकाश की स्थापना मानसिंह ने की थी, थी। अलवर में स्थित मुसी महारानी की सत्य किसने मनवाई थी अपनी मुसी महारानी का क्षत्रिय वो महाराजा बक्तावर सिंह ने बनाई थी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित कहाखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुनझुनू में स्थित है आगे चलते हैं देखते बिसलपुर किस जिले में स्थित है बिसलपुर टोक जिले में स्थित है जहाँ ऊंटो की बली दी जाती थी मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी मसद से राजधानी की राज... मसद से राज्य की राजधानी अलवर थी मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है में ब्रह्मा मंदिर स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर अपने पुष्कर में स्थित है आपको पता है राजस्थान में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम पाबंदी कहाँ पर लगाई गई थी ये जो डाकन पर था इसकी सर्वप्रथम पाबंदी अपने उदयपुर जिले में की गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरुआत साधु ने की थी उसके बाद पृथ्वीराज विजय सिंह पथिक ने इनका आगे का कारोबार संभाला था यह आंदोलन जारी रखा था किस जिले में अकालुडी पार्क स्थित में में। हैगर और आपको पता है राजस्थान राज्य के किस जिले को अनका कटोरा कहा जाता है राजस्थान में श्री गंगानगर को अंत का कटोरा कहा जाता है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष खास से प्राप्त हुए ये अपने काली बंगा से प्राप्त हुए थे कहा जहाँ काली छुड़िया निकली थी राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है वेनार, जो कि बर्ड विलेज के नाम से प्रस्तुत है प्रसिद्ध और मशहूर भी है देश सर्व का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहा बनाया जाएगा चालाना जयपुर में बनाया जाएगा राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है उसे पाना कहा जाता है उसे पाना कहा जाता है श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है आगे चलते ग्यारण राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा व्रताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है जो अपने हाथों से बजाते है संग लेकर बजाते हैं सेकावटी में किया जाता है ये नृत्य राजस्थान के लिंबा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है तीरंदाजी में तीर अंदाजी में मार्बल नगरी के नाम से कौन सा मशहूर शहर मशहूर है किशनगढ़ वाइट मार्बल निकलता है अजमेर में किशनगढ़ राज्यपाल राज्य और ऊर्जा परियोजना स्थित है जोधपुर जिले में शिक्षा सस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है शिक्षा सस्ता के लिए राजस्थान में प्रथम स्थान है देश में राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा जहां पर सबसे पशु गाय भैंस बकरी जो सर्वाधिक है वो जिला उदयपुर है कंप्यूटर कम्पु... प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है यह अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है